हमारे होटल का बिजनेस रूम सबसे अच्छा है और हम दूसरे होटल में अग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं तो क्या ये तुम्हारी बदकिस्मती है या मेरे एम्प्लॉयज इस लायक नहीं है? आ, दे दे दे दे। जो है वो ले चलो मेरे दादाजी चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है मेरे दादाजी ने तुम्हें पसंद किया है ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है अगर आप शादी करेंगे तो हमारा क्या होगा मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लो क्या पता तुम क्या कर लो मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी तुम अपने आप को समझते क्या हो गए छी स्ट्रेंज नेम अमेजिंग शर्व